नमस्कार मैं डॉक्टर हरीश पाठक जूडा भोपाल का अध्यक्ष पिछले चार दिन से जो हम मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं उसका अभी तक कुछ भी जवाबदही नहीं हुई है उस पर कोई भी लिखित आदेश पारित नहीं हुए हैं हमने अलग अलग दिन अपने मांगों को अलग अलग तरीके से रखा है आज हम बहुत ही एक नोबल कॉज एक नोबल जरिए से हम इस चीज को रखना चाह रहे हैं भले एक डॉक्टर कहीं भी आंदोलन पे अपने मांगों को लेके बैठ जाए मगर वो कभी भी समाज का अनुचित नहीं सोच सकता है कोविड काल में मरीजों को ब्लड की बहुत कमी हो रखी थी इस समय जब जुड़ा के सदस्य अपने आंदोलन में बैठे हुए हैं तो साथ ही साथ एक एक करके सारे सदस्य धीरे धीरे करके ब्लड डोनेट कर रहे हैं एक नोबल कॉज की बढ़ रहे हैं सरकार पे अभी भी अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो हमारी यही गुजारिश है एक आम जनता से सरकार से और सबसे कि हमारी मांगों को समझें डॉक्टर्स कभी भी जनता का गलत नहीं सोचते हैं वो अभी भी आपके ही भलाई और आपके ही फायदे को सोच रहे हैं मगर हमारी भी मांगों को समझा जाए देखा जाए और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए धन्यवाद